तो भाई फाइनली लॉन्च हो चुका है आठ हज़ार का फाइव जी मोबाइल हॉट 20 इनफिनिक्स का ये तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे इसके में क्या क्या फीचर्स हैं तो सबसे पहले कर रहे हैं इसके डब्बे को कट हम और ये अनबॉक्सिंग करने के बाद हमारा निकलता है ये प्रोडक्ट तो अभी इसको साइड में रखते हुए यहाँ पे ए टूल मिल जाता है ये और इसे भी रखते हैं साइड में और ये रहा हमारा मोबाइल का कैश इसका कवर काफ़ी फ्लेक्सीबल है और काफ़ी मज़बूत है ये टाइप सी इसका केबल और इसका चार्जर जो है 18 वाट का मिल जाता है आपको अगर देखा जाए तो आठ हज़ार में 18 वाट का काफी का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है अभी के लिए इसके बाद हमारा ये फाइनल मोबाइल जो प्रोडक्ट है ये है काफ़ी लुकिंग इसका बेहतर है कैमरा जो दो कैमरा लगाया गया है काफ़ी बेहतर है और इसमें आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है अगर ये आपको मोबाइल पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स और जो भी रैम वगैरह कितने इस मोबाइल में दिए गए हैं इसमें डिस्प्ले आपको 6.82 एचडी प्लस दिया गया है इसके बाद इसका रिफ्रेश रेट जो है 90 एजडेट दिया गया है इसके बाद इसकी जो बैटरी है 6000 हज़ार बैटरी के साथ आपको अट्ठारह वाट फास्ट चार्जिंग मिल जाता है इसके साथ ही मीडिया हेलियो 37 का प्रोसेसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए काफी बेहतर है कैमरा इसका काफी कम है तेरह एम कैमरा इस पे मिल जाता है सामने आपको सेल्फी कैमरा आठ एम मिल जाता है मोबाइल कुछ खास नहीं है बट एवरेज में इज बेटर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना